सबसे पहले हम अपने क्रम को ओपन कर लेते हैं और इसमें लिखेंगे हम यूपी लिमिक्स में जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ओपन कर लेते हैं ये तो हमारा हो गया यूपी लिमिक्स के माध्यम से को लॉगिन करते हैं तो ये हमारा इसमें कई ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि श्रमिकार्ड पंजीयन श्रमिक नवीनीकरण योजना आवेदन तो हमें करना है सबसे पहले श्रमिक पंजीयन श्रमिक पंजीयन पे क्लिक करने वाले यहाँ पे आता है कि मोबाइल नंबर ओ जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर एक ओ तो हम आपको दूसरा बताते हैं यू पी तो बता दिया मैंने आपके लिए हम बताएंगे यहाँ पे दूसरा यू पी वी वफाव के माध्यम से भी हम इसमें नया पंजीयन कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें जाना है श्रेमिकार्डमी पे जाने के बाद यहाँ पेमी पंजीयन पे जाने, पे जाने के बाद यहाँ पे डालना है का आधार नंबर का आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जिला च्वाइस करना है यहाँ पे जिला च्वाइस करने के बाद यहाँ पे अपना जिला च्वाइस करना है जो आपका जिला है वो आपको जिला च्वाइस कर लेना है उसके बाद में अपना जनपद जो भी जनपद है वो च्वास करना है यहाँ पे श्रेमिक का मोबाइल नंबर डालना है मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जाएगा उसका एक ओ टी तो यहाँ पे ओ जाने के बाद आपको ओ टी डालना है तो हम आपके लिए आगे स्टेप के लिए चलते हैं यूपी जिम्स के माध्यम से हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम सरमिक का मालम बढ़ा के उसकी ओ को बूझ लेते हैं तो इसमें ओ डालने के बाद ये हमारा फार्म खुल जाता है इसमें अपने मंडल चॉइस करना है कौन सा मंडल लगता है हमारा जो मंडल लगता है वो डाल देते हैं का नंबर डालना होता है क्योंकि जो है उसका नंबर डालना जरूरी है तो इसमें सिर्मिक का आधार नंबर डाल देते हैं इसमें का नंबर डालना है इसमें सिर्मिक का नाम अंग्रेजी में डालना है का नाम अंग्रेजी में, में डाल देता हूं इसमें उनके पिताजी का नाम डाल देना है डाल देना इसमें इसमें अपना करना है उनके डेटा पर डाल डालनी है यहाँ पे आगे आता है मैं करता वगैरह डाल देना है, है।, है।, है। आधार सत्यापित उस भारम को सिर्फ तो जा जो जो निस मुझे भरना होता है बाकी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी होती है उनकी तो माता जी का नाम डाल ना देना है इसमें नाम डालने वाले इसमें च्वाइस करना है कार्य कार्य कौन सा करते हो तो इसमें मैं जाते कर ये दुट्टे का निर्माण कार्य दिखाना होता है अगर ये नहीं दिखाना है मुझे इसमें सीमेंट और कटी डाल हुआ काम दिखाना होता है इसमें दिखाना है मुझे विवाहित हाँ ये विवाहित है इसमें जाती है इसमें सामान वगैरह जो जाती होती है उसको हम इसमें डाल देते हैं इसमें हम डालते हैं सिरमिका मोबाइल नंबर जो भी हमने डाल रखा है इसमें सिरमिका नियोजन तो इसमें जल्दी मैं जल्दी से पता कर देता हूँ इसमें आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है जो भी इन्फॉर्मेशन होते समय भरने के बाद यहाँ तो पर जिला पोस्ट तहसील सब करने के बाद इसमें लिखा रहता है आपके दिन का स्थायी पता कौन टिक कर देते हैं तो ऊपर वाला सेम नीचे वाले में आ जाता है आने के बाद यहाँ पर दिखाता है गत वर्ष दो हज़ार मतलब आपने बारह महीने में, में कितना काम किया है तो हमने इसमें डाल के दिन हमने इसमें काम किया है आगे नीचे आने के बाद ये दिखाता है ये जिस सिर में बंद्रे गए करता है तो करें। नहीं करना है तो नहीं करना है इसमें ये एक बार एक वर्ष के लिए रिवल हो पे आता है इसमें कहता है कि नॉमनी का आपके तरफ अपने नॉमनी के लिए किसी का इसमें नाम डाल दे रहा है जल्दी जल्दी से उसमें नाम डाल हैं और पूरा फिट कर देते हैं इसके लिए नॉमनी काउंड डालने के बाद इसलिए नॉमनी को क्या करना होता है जोड़ देना होता है नॉमनी को इसमें हम जोड़ देते हैं यानी कि एड कर देते हैं हमारे ऐसे जितने भी नॉमले होते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट करते जाएंगे सबको हम जोड़ते जाएँगे मिलता हम यहाँ पे सब बाकी ऑप्शन जितने भी होते हैं सबको टिक कर देंगे चली भाई एक बार हम फार्म को चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्म सही है या गलत है देखो तो हमने पूरा फार्म अच्छे से सबमिट कर लिया है पूरा फार्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचा है वो बचा है फाइल फ़ोटो फाइल फ़ोटो ये कहते हैं आपको शॉक से अधिक का नहीं होना चाहिए चाहे जे पी सी जो भी फोटो अपलोड करे का आधार कार्ड यहाँ पे हम श्रेणी का आधार कार्ड इसमें डाल देते है जल्दी से और यहाँ पे बैंक की वो और यहाँ पे जो हमने बताया था आपको जो घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र यहाँ पे आपको यहां पे कर है। यहां पे नियोजन, नियोजन प्रमाण पत्र, पत्र लगा दिया है यहाँ पे फॉरम सबमिट हो गया और अच्छी तरह से इसमें कुछ नहीं करना होता बाकी यहाँ पे करना है पंजीयन करें यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा आप थोड़ा इंतजार करें और ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं देखो ये है आपका सुरक्षित रूप से सेव तो से से हो गया है यहाँ पे सेव होने के बाद हमारे यहाँ पे मिलता है देखिए हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था यह कितना जल्दी श्रमिक कार्ड बना के दिखाएंगे इसमें देखो क्या है हमने आपको बताया कि मेरा डाटा से करता कोई सिर्फ यहां पे देखना 57290 ये हमारा आधार कार्ड नंबर हमने जो ने बनाया था हमने यहां पे खोल के फिर से आपको दिखा रहे हैं यूपी का गवर्नमेंट से श्रमिक सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं तो यहां पे मैंने जो श्रमिक का आधार नंबर था वो मैंने डाला है वो डालने के बाद क्या करेंगे सर्च करेंगे सर्च करने पर जो हमारा श्रमिक का सर्टिफिकेट से को पे, पे, पे, पे चाहे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद क्या करना है इसको कट करते हैं हम यहाँ पे चाहे तो उसका श्रमिक सर्टिफिकेट संख्या को डालते यहाँ पे और इससे हम उसको निकाल सकते हैं देखो यहाँ पे इसका भी यहाँ से निकल के आ गया तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें हम ऐसे ही नए सी इलेक्ट्रिक और ट्रिक्स वीडियो लाते रहेंगे धन्यवाद जय